आज हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों जैसे कि आपको पता है इससे पहले मैंने फोकस टारगेट के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए थे और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था तो आज मैं उसी के माध्यम से इस चैनल में मैं कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे जो मैं आपको वैसे वीडियोज में नहीं बता सकता हूँ दोस्तों वो मैं आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्लियर करवाऊंगा अगर आपको बेटर लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए तो दोस्तों देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे उत्तराखंड की सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले आपको एक माध्यम समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड की अगर मैं बात करू दोस्तों तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन है हमारा सोमेश्वर ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा सोमेश्वर यानी कि आपका ध्यान दीजिएगा यहां पे अल्मोड़ा में है सोमेश्वर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सोमेश्वर अल्मोड़ा यानी कि अल्मोड़ा में है ये सोमेश्वर दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों यहां पे देखिएगा स्क्रीन में जो मैं आपको यहां पर क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूं उसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को इसको कैसे क्लियर करना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पियर है दोस्तों और चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं जैसा पहला ऑप्शन है हमारे पास कोशी दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पनार नदी तीसरा ऑप्शन है गोला नदी और चौथा ऑप्शन है हमारे पास दाप का ध्यान दीजिएगा और ये पांच ऑप्शन के साथ आपको क्लियर करने हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताएगा तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों ने क्लियर कर ही लिया होगा और मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मात्रे दस क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी की कोसी नदी ध्यान दीजिएगा कोसी नदी यानी कि जो सोमेश्वर दोस्तों आपको पता होगा अभी यहां से जो मंत्री बनी हुई है आपको पता होगा रेखा आरिया जी सोमेश्वर से विधानसभा से सदस्य है वो और साथ में ये जो सोमेश्वर है दोस्तों यह कहा आपका अल्मोड़ा में है और यह किस नदी के तट पर स्थित है तो यह है दोस्तों आपका क्या कोसी नदी के तट पर सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए और आपको मैं एक बात बता दूं दो दोस्तों अगर बात आती यहाँ पे अल्मोड़ा की तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दू की अल्मोड़ा कुमाऊं का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों और जो ये अल्मोड़ा जिला बना था इसकी भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दू की अठारह में ध्यान दीजिएगा अठारह में यह एक जिला बना था जो नैनीताल से क्या हुआ था दोस्तों ये अलग हुआ था ध्यान दीजिएगा पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत लगभग एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे लेकिन अठारह में अंग्रेजों के द्वारा अल्मोड़ा और नैनीताल को दो डिस्ट्रिक्ट क्या कर दिया गया दोस्तों दो जिला घोषित कर दिया गया तो ये थे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे भी कि कैसे आप लोगों ने क्लियर करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये और इसको आपने क्लियर भी करना है कि कैसे हम इसको बताएंगे अब है देखिएगा उत्तराखंड का ध्यान दीजिएगा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको मैं बता दू कि उत्तराखंड नवीन इतिहास नामक जो पुस्तक है दोस्तों ये काफी एक आ... पॉपुलर पुस्तक है दोस्तों और ये काफी विख्यात पुस्तक है और इसके जो इतिहासकार है वह कौन है ये आप लोगों ने हमको बताना दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास है पहला ऑप्शन है एन एस था और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास डॉक्टर शेखर पाठक ध्यान दीजिएगा और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर अजय सिंह रावत और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास डॉक्टर यशवंत कठोच तो ध्यान दीजिएगा यशवंत सिंह कठोच तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा आप लोग कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि उत्तराखंड नामक इतिहास के जो पुस्तक जो पुस्तक है दोस्तों इसके जो लेखक है वह है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोर तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कहीं भी, भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इसी के साथ क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दू कि वैसे भारत में अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को लगभग उत्तराखंड पूरे सॉरी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका था यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों और जब इनका प्रवेश हुआ तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल में अपना अधिकार जमाया उसके बाद धीरे धीरे धीरे पूरे भारत में लगभग इन्होंने अपना अधिकार जमाया लेकिन उत्तराखंड में यह पहली बार कब आए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अठारह में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था आगमन हुआ था ऑप्शन नंबर ए क्लियर है इसका और ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आने का मुख्य रीजन था गोरखा शासन जैसे कि आपको पता है कि 1815 तक यानी कि 1790 से 1815 तक कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओ ने क्या किया दोस्तों शासन किया जिसके कारण काफी स्थिति बिगड़ चुकी थी जिसके कारण टिहरी के जो राजा थे उन्होंने इस अंग्रेजों को क्या किया दोस्तों आ, आमंत्रित किया जिसके कारण इन्होंने गोरखाओं को यहां से मार भगाया और इन्होंने संधि की दोस्तों गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच जिसका नाम है सिंगोली की संधि ये पूछा जा सकता है आप लोगों से बार बार कि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में कौन सी संधि हुई थी तो दोस्तों यह हुई थी आपकी क्या सिंगोली की संधि और इसी संधि के माध्यम से अठारह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड में पूरी रूप से क्या कर लिया था दोस्तों पैर पसार लिया था और गोरखा जो बटालियन है अभी काफी वीर जो बटालियन है दोस्तों यह सिंगोली संधि के कारण ही इनको भारत में क्या दिया गया था प्रवेश दिया गया था तो दोस्तों ये दो से चार पॉइंट आपको पता होने चाहिए और उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है दोस्तों और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार इसको जरूर से देखिएगा आप लोग जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा सकूं लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ये दस दस क्वेश्चन करके हम रोज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे और दोस्तों ये आज लर्निंग इंडिया का काफी एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं इससे पहले फोकस टारगेट के अंतर्गत डाला करता था बट आज मैं जो ये वीडियो डाल कुमाऊ परिषद कुमाऊ परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहा हुआ था दोस्तों आपको पता होगा कि कुमाऊ परिषद का जो अधिवेशन हुआ था ये आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि पहला अधिवेशन कहा और कब हुआ था तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है पहला ऑप्शन है 1916 अल्मोड़ा दूसरा ऑप्शन हैलमोड़ा है, है तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बताऊंगा तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उन्नीस अल्मोड़ा में ठीक है दोस्तों अल्मोड़ा हो गया तो यहां पर हम इसको क्लियर कर देंगे तो यह आ गया आपका अल्मोड़ा तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा में ही आ, 1970 के तहत सत्तर परिषद का पहला क्या हुआ था दोस्तों अधिवेशन अधिवेशन आप लोग समझते होंगे अधिवेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका मीटिंग यानी कि वार्तालाप जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं तो ये था दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए और इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है काली मठ मंदिर किस जनपद पर स्थित है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है और आप लोगों ने इसको बताना भी है कि कैसे इसको क्लियर करेंगे काली मठ मंदिर किस जनपद पर स्थित है दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों ने बताना भी है कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा चार ऑप्शन आपके पास है रुद्रप्रयाग हरिद्वार चमोली व फिर है उत्तर काशी तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है दोस्तों और काफी अच्छी बात है जिनको ये क्वेश्चन आ चुका है और जिनको नहीं आ रहा है दोस्तों वो स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको हम आंसर डायरेक्टली बताएंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुद्र ध्यान दीजिएगा रुद्रप्रयाग में ही कालीमठ का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों मंदिर है एक कालीमठ बाद भी है दोस्तों उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे बट अभी हम बात करेंगे यहां पर कालीमठ तो कालीमठ से सिर्फ आपका क्या आएगा दोस्तों मंदिर तो ये है आपका कहा रुद्रप्रयाग में ऑप्शन नंबर ए काफी बेहतरीन बै, क्वेश्चन है दोस्तों ये और आपको बेटर लग रहा तो बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया जिनको आंसर आ रहा है किरातों को किस प्रजाति का माना जाता है दोस्तों आपको पता होगा किरात जो जाति थी दोस्तों यह किस प्रजाति से संबंधित थी यह किस प्रजाति का इन्हें माना जाता है और हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चार ऑप्शन है दोस्तों पहला है मंगोल प्रजाति दूसरा है खस जाति तीसरा है कोल प्रजाति और चौथा है हमारा सौका जाति यानी कि भूटिया जनजाति जिसको हम बोलते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर इस टाइप की वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए क्योंकि काफी सूझबूझ से बनाया गया क्वेश्चन है ये और काफी महत्वपूर्ण सारे ये पेपरों से दिया गया है दोस्तों आप लोगों को ये तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगोल प्रजाति ये पूछा जा सकता आप लोगों से बार बार तो किरात को किस प्रजाति का माना जाता है दोस्तों तो यह माना जाता है मंगोल प्रजाति का यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा तो आप ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलेगा यानी कि मंगोल प्रजाति ही किरात को किरात किरात जाति का क्या माना जाता है दोस्तों इनका प्रजाति माना जाता है तो कैसा लग रहा है दोस्तों आपको बेटर लगा होगा इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है हमारा स्क्रिन पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा चित्रशिला घाट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये चित्रशिला के नाम से किसे जाना जाता है तो मैं आपको डायरेक्टली चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा लेकिन आप लोगों ने पहले अपने ऑप्शन में क्लियर करना है पहला ऑप्शन है हमारे पास श्रीनगर ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन है हमारे पास श्रीनगर जो आपको दिख रहा है दोस्तों उसके बाद दूसरा है रुद्रपुर तीसरा है आपका रानीखेत और चौथा है आपका रानीबाग सॉरी ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये हो गया है तो यहाँ पे इसको श्रीनगर सॉरी रानीबाग करोगे इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसको आप लोगों ने रानीबाग करना है तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है और यहां पे हमने इसको क्वेश्चन को भी ठीक कर दिया यानी कि रानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर होगा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो क्या है दोस्तों आपका रानीबाग तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा ताकि कहां भी भी आपको दिक्कतें ना हो और इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंद शासन काल में सिरा कहा जाता था ध्यान दीजिएगा चंद शासन काल में यानी कि जब कुमाऊं में चंद शासक चलते थे दोस्तों तो ये सिरा एक जगह का नाम है तो यह किस जगह का नाम है ये आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों हमें बताना है तो दोस्तों जल्दी से बताएगा कि इसका आंसर होगा क्या तो बताइएगा दोस्तों कि चंद्र शासन काल में सीरा किस जगह का नाम था दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है और इसी ऑप्शन के साथ आपको चलना भी है पहला ऑप्शन है नेपाल ध्यान दीजिएगा और दूसरा ऑप्शन है पिथौरागढ़ तीसरा ऑप्शन है आपके पास डीडीहाट और चौथा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों चमोली तो मैं आपको बता दू की चंद्र शासन काल में जो सीरा नाम जो दिया गया था दोस्तों यह दिया गया था किसको डीडी को यानी कि चंद्र शासन काल में डीडी हाट को ही क्या कहा जाता था सिरा के नाम से जाना जाता था आज भी वहां जो बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों वो लगभग लगभग डीडी हाट को सिरा के नाम से क्या करते हैं पुकारते हैं सिरा के नाम से भी क्या करते हैं उसको जानते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिरा किस जगह का नाम है तो वह है आपका डीडी हाट उसके बारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ध्यान दीजिएगा गैर क्षण किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये रामगंगा तो आप लोगों ने सुना होगा लेकिन कौन सी रामगंगा है ये आज आपको क्लियर करना है कि रामगंगा कौन सी है ठीक है तो यहाँ पे है एक तो आपका पश्चिमी रामगंगा दूसरा आपका पूर्वी रामगंगा और तीसरा दोस्तों कोशी और चौथा है आपका गंगा तो मैं आपको बता दू इसका आंसर डायरेक्टली तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी रामगंगा ध्यान दीजिएगा पश्चिमी रामगंगा को ही क्या कहा जाता है सॉरी पश्चिमी रामगंगा जो है दोस्तों के किनारे के क्या है कौन है? है जो उत्तराखंड की क्या है yeah. भी आपको पता होना चाहिए तो और यह किस तट पर स्थित है तो आप डायरेक्टली बोलोगे की पश्चिमी रामगंगा के तट पर यह क्या है दोस्तों स्थित है तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको पॉइंट और कैसा लग रहा है क्वेश्चन आपको बताना है और इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कोटेश्वर गुफा ध्यान दीजिएगा कोटेश्वर गुफा कहा स्थित है तो ये आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि कोटेश्वर गुफा कहां स्थित है तो उसके बाद ऑप्शन है आपके पास चमोली चंपावत उत्तरकाशी या फिर रुद्रप्रयाग तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा तो दोस्तों आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा और जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर होगा क्या काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पहला है चमोली फिर रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी या फिर चंपावत तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं कि इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुद्रप्रयाग ध्यान दीजिएगा रुद्रप्रयाग ही आपका क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट है दोस्तों ठीक है तो ये थे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण दस क्वेश्चन अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आ, आएगा तो दोस्तों में ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करते रहूंगा अगर आपको बेटर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो बेटर लग रहा है तो वीडियो को भी क्या कीजिएगा दोस्तों लाइक कीजिएगा जय हिंद जय भारत जय उत्तराण